और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है ज्योतिष से संबंधित या कोई प्रश्न जो है आपके मन में आ रहे हैं तो आप लोग ट्विटर पर हमसे जाकर हमसे आप अपने जो है प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं तो चलते हैं दर्शकों वही कर्क राशि के जातकों साल दो में शनि आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे सप्तम भाव किस चीज का होता है तो सप्तम भाव आपके जीवन साथी का होता है आपकी काम वासना का होता है वैवाहिक सुख का होता है प्रत्यक्ष शत्रु जो हमें आंखों से दिखाई पड़े सामने दिखाई पड़े उनका होता है तो सप्तम भाव में चूंकि विराजमान रहेंगे शनि के इस प्रभाव से इस साल आप आलस में बहुत ज़्यादा रहेंगे कई काम आपके हाथ से निकलते हुए दिखाई पड़ पैसों की तंगी होगी जो प्रत्यक्ष शत्रु आपके सामने आपको परेशान कर रहे थे इसमें थोड़ी आपको राहत मिलेगी लेकिन मन आपका तनाव की ओर बहुत ज़्यादा रहेगा इस साल आपको कोई गंभीर मानसिक रोग होने की समस्या है आप डिप्रेशन में जा सकते हैं और यदि आप बिजनेस करते हैं तो साल की शुरुआत में बहुत सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा अन्यथा कोई बहुत बड़ी हानि कर सकते हैं शेयर मार्केट वगैरह से आपको दूर रहना होगा यदि कोई पेपर ज़मीन से रिलेटेड किसी पेपर पर साइन करने जा रहे हैं कोई जमीन क्रय करने जा रहे हैं तो उसको आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा उसके बाद उस पर साइन कीजिएगा ऑफिस में कामकाज के सिलसिले में विदेश जाने का योग बन रहा है वहाँ सावधानीपूर्वक कर्क राची के जात को आपको चलाने के सितारे सराह दे रहे हैं आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग सकता है जी हाँ दर्शकों कोई एलिगेशन आपके ऊपर आपके उच्चाधिकारी द्वारा लग सकता है अप्रैल तक की स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं तो किसी दूसरी जगह ट्रांसफर पे भी आप जा सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो सबसे बेस्ट रहेगा अपनी कुंडली आप दिखवा करके जो भी आपकी कुंडली में ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है उगली दशा चल रही है आपकी कुंडली के लग्न चार्ट क्या कहती है सब डिविजनल चार्ट क्या कहते हैं ये सभी देखिए दर्शकों जो है जाँच का विषय है ये तो एक प्रकार से राशिफल हमने बना दिया है कि ए, क्या कहते हैं कि यदि आपकी ये राशि आती है तो ये ओवरऑल सबके ऊपर कुछ ना कुछ इस पर सटीक बैठेगा लेकिन और ज्यादा सटीक कैसे बैठे तो आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा उपाय के तौर पर कोशिश कीजिएगा कि आप लोग प्रतिदिन यदि हो सके तो हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ करिए शनिवार वाले दिन सुंदर का आपको पाठ करना रहेगा बूंदी से बना हुआ लड्डू ये शनिवार वाले दिन आपको हनुमान जी को चढ़ा करके प्रसाद बांट देना है उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये